शिवपुर में राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है इस बारे में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी गुमराह करने की कोशिश की इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कड़े तेवर दिखाते हुए राशन वितरण से जुड़ी गलत जानकारी देने पर शिवपुर जिले के आपूर्ति अधिकारी को निलंबित कर दिया है मध्य प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुँचाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में है बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से शिवपुर जिले की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली इस बैठक में उन्होंने शिवपुर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों योजनाओं के बेहतर किरान और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की राशन वितरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कुछ गाँव में केवल पांच छह दिन राशन की दुकानें खुलने की से पर्ची नहीं देने की शिकायतों पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा की इसमें गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी हमेशोपुर को कुपोषण के कलंक से मुक्त करना है जिले में गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो राशन वितरण में कोई गड़बड़ ना हो यह सुनिश्चित करना और जनता को सुशासन देना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है इस बीच जिले के आपूर्ति अधिकारी ने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी तो मुख्यमंत्री ने कहा डी एस ओ गलत तथ्य प्रस्तुत न करें गरीबों तक सही तरीके ऐसी राशन पहुँचे ये हमारी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने कहा मैं डीएसओ को मैं अभी सस्पेंड करता हूं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा जिनकी शिकायत आई है उनकी सेवा समाप्त की कार्रवाई की जाए मैं फिर कह रहा हूं कि हम सभी योजनाओं का लाभ बिना कठिनाई के हितग्राहियों तक पहुंचाएं